डाबी और अथहर आमिर खान साल 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं दोनों ने एक साथ आईएएस परीक्षा पास की थी टीना ने देश में पहली रैंक हासिल की थी तो अथहर ने दूसरे स्थान पर परचम लहराया था इसके बाद दोनों ने मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में एक साथ ट्रेनिंग की यहां ट्रेनिंग के दौरान दोनों को एक दूसरे से पहली नज़र में ही प्यार हो गया इसके बाद दोनों ने शादी कर ली यहां दिलचस्प बात यह है कि टीना और अंतर के बैच के सबसे ज्यादा कपल्स ने लव मैरिज की थी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैच के छह कपल्स ने शादी की थी टीना और अथहर ने अपने रिश्ते को कभी छुपाया नहीं वे अक्सर एक दूसरे के साथ की फ़ोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते थे टीना ने अथर से शादी की खबर सोशल मीडिया पर दी थी उन्होंने ट्वीट किया था मैं अपनी शादी के बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूं। अथहर और मैंने 20 मार्च को जयपुर में कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन के सामने शादी रचा ली थी इसके बाद दिल्ली और कश्मीर में उनकी शादी का रिसेप्शन हुआ था जिसमें देश के उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष सहित कई बड़े नेताओं और अधिकारियों ने शिरकत की थी यह शादी काफी चर्चा में रही टीना और अथर दोनों काफी लाइमलाइट में थे इसलिए उनकी शादी को लेकर भी तरह तरह की बातें हुई दोनों का धर्म अलग था इसलिए हिंदू संगठनों ने इसे लव जिहाद कहा और इसका सोशल मीडिया पर विरोध भी हुआ कई लोगों ने इसे एक आइडियल शादी कहा और टीना अथर को आइडियल कपल भी बताया बहरहाल शादी के बाद दोनों काफी खुश थे सोशल मीडिया पर भी ये कपल अपनी तस्वीरें लगातार पोस्ट करते रहते थे और अक्सर अपने प्यार का इजहार भी करते रहते थे टीना ने अपनी प्रोफाइल में कश्मीरी बहू भी लिखा हुआ था लेकिन टीना और अधर की जिंदगी में ये खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी शादी के दो साल बाद ही दोनों के अलग होने की नौबत आ गई पहले तो टीना ने अपनी प्रोफाइल से कश्मीरी बहू हटा लिया इसके बाद ही कयास लगाए जाने लगे कि इस कपल के साथ कुछ तो है जो ठीक नहीं चल रहा इसके बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया डॉट आखिर में जिसकी आशंका थी वही हुआ शादी के दो साल बाद इस कपल ने अलग होने का फैसला कर लिया और जयपुर के फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी डाल दी बीते साल टीना डाबी और अथर आमिर की जोड़ी औपचारिक रूप से टूट गई दोनों का तलाक हो गया डॉट तलाक के बाद टीना डाबी ने अप्रैल 2022 में 2013 बैच के आईएएस अधिकारी प्रदीप गवांडे के साथ दूसरी शादी कर ली वहीं अथर आमिर ने हाल ही में डॉक्टर महरीन काजी से सगाई की है और वे भी जल्द ही शादी करने वाले हैं बता दें कि महरीन फ़िलहाल दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में डॉक्टर हैं